हेलो दोस्तों आई एम राज कुमार प्लीज़ यार वीडियो को फुल देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ और बेल आइकन को दबा देना थैंक यू वक्त तो वक्त पर बदलता है इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है दिल चाहता है बड़े करीब से देखो तुझे पर ये नादान आखे तेरे पास आते ही बंद हो जाती है जिसकी जितनी कदर की उसने उतना ये गिरा हुआ समझा जो आपसे सच में प्यार करेगा वो आपके लिए कभी बीजी नहीं रहेगा मुझे किसी के बदल जाने का गम नहीं बस कोई ऐसा था जिसमें उम्मीद ना थी गुस्सा सिर्फ वो करता है जिन्हें आपकी परवाह नहीं होती इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है रिश्ता सबसे रखना पर उम्मीद किसी से मत रखना हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह रो जाओगे जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कल जो तुम हजार बातें करते थे आज भूल जाने की बात करते हो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो